छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने परासिया में अधिकारियों की बैठक ली और शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों को तत्काल मिले इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए परासिया में जिला कलेक्टर शीतला पटले ने अधिकारियों की बैठक ली और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल ऐसे प्रयास करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके परासिया जनपद के ग्राम पंचायत ऐसी लेकर स्वास्थ्य विभाग व नल जल योजना को लेकर कलेक्टर ज्यादा संवेदनशील नजर आए नल जल मिशन को लेकर उन्होंने समझाइश दी की नल जल मिशन में एक एक घर तक जल पहुँचे जिससे सभी आम नागरिकों को जल मिल सके उन्होंने नल जल योजना के ठेकेदारों को चेतावनी दी कि समय पर वे पाइपलाइन व पानी की टंकी नहीं बनी तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंप वाटर लेवल में तो की, की, की, की, की, की ताकि हमारी